हेलो यूज़ एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इंडिया का पर आज हम बनाने वाले हैं लजीज और जायकेदार अफगानी चिकन तो चलिए शुरू करते हैं अफगानी चिकन बनाने के लिए हमने लिए है एक किलो चिकन एक टीस्पून नमक एक टीस्पून चाट मसाला हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून गर्म मसाला एक बड़ी साइज़ का नींबू थोड़ी सी कस्तूरी मेथी एक टेबलस्पून स्पून तेल एक कटोरी दही एक कटोरी अमूल फ्रेश क्रीम पंद्रह से बीस छोटी हरी मिर्च एक मीडियम साइज का अदरक दो बांटे लहसुन के एक कटोरी काजू थोड़ा सा हरा धनिया मीडियम साइज की कटी हुई तीन प्याज इस डिस में हमने जो भी सामान लिया है उसका हम पहले पेस्ट बना लेंगे सबसे पहले हम चिकन में तेल डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें सारे सूखे मसाले ऐड करेंगे नमक चाट मसाला काली मिर्च पाउडर गरम मसाला कस्तूरी मेथी इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस और इनको एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ पेस्ट अमूल फ्रेस क्रीम और दही अब हम इन सारे मसालों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारे सारे मसाले चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब हम इसको मेरीनेशन के लिए एक घंटे तक फ्रीज में रखेंगे फ्रीज में एक घंटे रखने के बाद हमारी चिकन मेरीनेट हो चुकी है अब हम इसको फ्राई करेंगे इसके लिए हमने एक कढ़ाई में एक कप तेल लिया है तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे फिर इसमें चिकन डालेंगे हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है अब हम इसमें चिकन को फ्राई कर लेंगे चिकन एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुकी है अब हम इसको पलट कर दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे आप देख सकते हैं कि हमारे चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है अब हम इसको कड़ाई में से निकाल लेंगे हमने जिस तेल में चिकन को फ्राई किया था उसी तेल में अब हम हमारा मेरीनेशन का बचा हुआ मसाला डाल देंगे अगर आप ज्यादा ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें इस तरह से पानी भी डाल सकते हैं हमने यहाँ पर तकरीबन एक कप पानी डाला है इस मसाले को हम तेल में 10 मिनट के लिए पकने देंगे हमारी ग्रेवी को पकते हुए 10 मिनट हो चुकी है अब हम इसमें हमारा फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे और इसको ढककर तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाएंगे ध्यान रहे कि यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है 20 मिनट के बाद हमारी अफग़ानी चिकन पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे हमारी इस चिकन में स्मुकी फ्लेवर लाने के लिए हमने एक कटोरी में कोयला रखा है अब हम इस कोयले के ऊपर एक चम्मच घी डाल देंगे और उसको तुरंत ढक देंगे आप देख सकते हैं कि हमारी अफगानी चिकन अब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है तो खाने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारी लजीज और जायकेदार अफगानी चिकन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं की आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमारे चैनल तो को सब्सक्राइब करके बेलाइकन दबाना ना भूलें